है इसके सबसे लोग स्वागत है आज आप एक और न्यू वीडियो में जहाँ जो हम लोग खेलने वाले हैं एक्स्ट्रीम बैलेंस थ्री तो गाइस ये एक एंड्रॉयड गेम है शायद इस आईओएस में भी आता है तो देखिए कि कैसा गेम है ये आईओएस में भी आता है तो खेलने भी बढ़िया हैं तो आपको दिखा दे रहे हो कि आपको खेलना है कि नहीं आप लोग सोच सोचते हो कि कौन सा गेम खेलो कौन सा नहीं खेलो इसलिए आ गया गे हूँ गेम लेके तो इसका इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाके डाउनलोड कर सकते होगे तो चलिए शुरू ही करते हैं इसके रखा सेट हाई स्टार्ट गेम तो देख जो हम मैंने खेल चुका हूँ तो ऐसा कमेंट में रही है कि खेलती चुका खेल। तो तेरा लेवल तो मैंने पहुँचा दिया है तो चलिए खेलते हो और आगे बढ़ाते गेम को लोडिंग ले रहा है तैयार लेवल आ चुके हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है मैंने अभी तक किया भी नहीं है, इसे देखिए कैसे करता हूँ मैं कि अब आइडिया हो गया देखिए गेम पानी में चला गया गेंद सॉरी गेम निकल गया हो तो ये गेम को मैं दीवाना हूँ शुरू से बचपन से ए, जा, जा, जा जा जा या चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आगे आगे आगे आगे आगे, आगे जी आराम से राम से राम से राम से गाइस ये वाला बहुत हार्ड लेवल है क्योंकि मैं आपको अल्टर बैलेंस करना ये तो आपका भाई इसमें स्मार्ट हो चुका है टेंशन मत लीजिए तो चलिए आगे चलते हैं अच्छा चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्लीज गाइस थोड़ा तो वीडियो का एम रखते हैं पांच लाइक का कमेंट करिए चाहे खराब लगा चाहे अच्छा और कौन सा गेम डालना चाहिए बताइएगा क्या वो कौन सा गेम चाहिए एडवेंचर किस टाइप का चाहिए तो देख सकते हो ये लगा बॉल लग गया यार तो देख सकते बच गया थोड़ा सा इस बार फिर लगा क्या नहीं बच गए गेंद का स्पीड कम है गा इस तो ये गेम आपको देखने में ही इतना अच्छा लग रहा होगा खेलने में सोचिए कैसा लगेगा यह एक दिल मिल जा यार कैसे ये लेवल पार बस बस बस बस बस यो योग आपका भाई यहाँ तक पहुंच चुका है आगे या या या जा जा जा से भाई पानी जाना चलिए इस दिखाता हूँ लीजिए भाई आपका ये भाई लेवल पार कर चुका है चलिए इस वीडियो अच्छा लगा ही होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका गेम का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो जाके वहाँ से डाउनलोड करिएगा तो चलिए आज के लिए बचत नहीं अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा दैन बाय बाय गुड बाय